परासिया में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को लेकर बैठक हुई जिसमें योजना को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई और सभी को अलग अलग कार्य सौंपे गए बैठक के दौरान विधायक सोहन वाल्मिक व एस मनोज प्रजापति सहित कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे परासिया जनपद सभा कक्ष में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को लेकर बैठक की गयी विधायक सोहन वाल्मिक व एस मनोज प्रजापति की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधियों समेत प्रशासन की बैठक सम्पन्न हुई जिसमें सभी को अलग अलग कार्य सौंपे गए वहीं बैठक में फ्लेक्स लगाने को लेकर थोड़ा हंगामा भी हुआ हालांकि बाद में प्रशासन की समझाइश से समन्वय हो गया फ्लैक्स लगाने पर कुछ नियम लगाए गए और सभी को निर्देश दिया गया कि विवाह अच्छे ढंग से हो और कार्यक्रम सफल रहे वह मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना सफल बनाने के लिए योजनाए बनाई गयी इकतीस जनवरी को तो विवाह योजना का कार्यक्रम किया जाना है उसके लिए बैठक में सौंपे गए